गेम, लेकिन बावजूद पारी का के कई तो, तो शॉट, किसी भी तो देखेंगे नहीं। आ मजा आ गई आपकी आज की बेटिंग को देखकर, बस फरमान करें, आप इसी तरह से हर एक मैच में बैटिंग करें और इंडिया को जीत दिलाई जाए हिंदी